कितना, कितना, कितना पैसा दे रहे तू हजार हजार एक बार हंसने का अभी बदनाम हो ही गया हूँ तो उसको पांच हजार दे दे बोल मेरे को पप्पी करना क्या बोला तूने अरे हजार में हंसती है तो पांच में पप्पी भी देगी भाव मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी ये अब अंगत कर मेरा चरित्र साफ था सबसे बड़ा हल्कट तू हीच है तू नहीं दाग लगाए तू ही धोएगा तू तो क्या बोल रहा है? चल जा अभी जल्दी नहीं तो दूसरा नाजल तेरे पे फोड़ूंगा अला मोटा शाना